ये लीजिए धन्यवाद ये सब आपने बनाया जी हाँ मेरा नाम पुरेश चित्रकार और ये बापी है मेरा पोता हेलो स्कूल में छुट्टियां चल रही है ना इसलिए ये मेरे साथ ही आया है मैं ये वाला लूंगी अरे वाह इसकी कहानी बहुत बढ़िया है मछलियों की शादी के बारे में चलो चलो मच... सामान बांधो और निकलो यहाँ से भाव आप यहाँ दुकान नहीं लगा सकते तो फिर हम कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता यहाँ पर नहीं। भाई दिवाली का वक्त है आप मैडम इनके दिवाली के चक्कर में हमको में हमको हो देखिए बाबूजी मिनट सामान बांधिए और निकलिए ठीक है सॉरी चलिए चलिए आप लोग चलो बेटा कहीं तो और चलते हैं हम लोग इतनी दूर से यहाँ आते हैं पर लगता है कि अब इस शहर में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची है। या ये लीजिए पूरे रख लेना उतना तो ही लेंगे जितना बनता है मैम आप चाय लेंगे no, मैम मैं क्या सोच रहा था कि अगले हफ्ते दिवाली है मैम ये जो जगह है मैम इसकी साफ सफाई करते हैं ना मैम डेकोरेशन लाइट वगैरह डालते एकदम चकाचक हो जाएगा मैम ये yes, मैम. पे. Yes, yes, चकाचक जागी जागी रोशनी दिल में कहीं ज्योति छुपी जागी दे नहीं दिया जलने लगी जागी जागी रोशनी दिल में कहीं ज्योति सपने सजा दो किसी के अंधेरे मिटा दो किसी के सपने सजा दो दिल में जगा बना लो अपनी दुनिया में बसा लो क्या कर दिया आपने थोड़ी सी जगह बना दी बस किसी के अंधेरे मिटा दो, किसी के सपने सजा दो, दिल में इस दिवाली के अवसर पर हम पंद्रह बड़े शहरों में देश के कारीगरों के लिए एच पी वर्ल्ड स्टोर में थोड़ी सी जगह बना रहे हैं अपने करीबी एच पी वर्ल्ड स्टोर पे आइए और परेश चित्रकार जैसे कारीगरों की कला के लिए अपने दिल में थोड़ी सी जगह बनाई निकले जो तुम आज घर से फरमाइशों की फेरिस्त साथ लेके बटुए में बंद करके वो नोट हजार तुम निकले भरी दोपहरी खरीदने इस चका चूंद इस धक्का मुक्की में शायद तुम लेना भूल गए ये कच्ची मिट्टी के पक्के दिए तुम साथ ले जाना भूल रहे भूल गए बचपन में कैसे इनसे घर रोशन करते थे तुम जिद करके बार बार दो दिए ज्यादा लिया करते थे अरे लल्ला जब तक ये सब बिक ना जाए का है की हैप्पी दिवाली अरे तू लल्ला अब तू मेरी छोट खुश रहे खुश रहे ये ले ये ले ये दो रख ले लेकू अम्मा और आप फिकर मत कीजिए सारे दिए बिक जाएंगे बाय। इसी आज की मिट्टी लेकर मैं आशा के दिए बनाती हूं और हर दिवाली जर्रा जर्रा मैं इसी बाजार बिखर जाती हूँ से बाद वो आज फिर यहां आया है सालों बाद उसने इन को गले लगाया है, बुझ गई थी उम्मीद की जो आखिरी मशाल इस दिवाली किसी ने उस अंधेरे में एक हल्का सा दिया जलाया बचे लल्ला कहा था ना अम्मा सारे दिए बिक जाएंगे इस दिवाली आप भी उम्मीद का एक दिया जलाएं किसी और की दिवाली को भी रोशन मनाए हैप्पी दिवाली बलबीर तेरे इस भी घर नहीं आना तू दिवाली मुंह मुहनी मीठा करना कोई में गलो मीठा कर लांगा दिवाली में पूरा इंडिया अपने घर जा रहा है पर बलबीर नहीं। गुड्डू और पीहू को पटाखे तो मिल गए पर हाथ पकड़ने के लिए इस बार पापा नहीं हुए शादी के बाद की पहली दिवाली को दूसरे साल मनानी होगी और दिवाली की फैमिली फोटो में मिस्टर भट्टाचार्य इस बार भी मिस हो रहे हैं दिवाली में पूरा इंडिया घर जा रहा है पर ये नहीं क्योंकि ये ये हमें घर पहुंचा रहे हैं तो इनकी भी पर कभी कभी हम ये बात भूल जाते हैं हैप्पी दिवाली अंकल हैप्पी दिवाली पत्तर। हैप्पी दिवाली हैप्पी हैप्पी दिवाली। दिवाली। चलो इस बार उनको तो कहे, जो अपनी दिवाली मिस कर देते हैं ताकि हम दिवाली अपनों के साथ मना सके रोशनी जगमगाती एक नदी आख में बहने लगी उठने मेरे चखे यादों वाली चाशनी मुंह मिठा हो गया अभी मुंह मुँह मिठा हो गया आई इनका शुक्रिया अदा करते हैं दिवाली के सफर के लिए अरे यार दिखाई नहीं दे रहा रहा क्या सो रहा हूं। निकलो उसका नाटक रोहन अभी किया था उसने हा तो क्या हो गया फिर से कर देगी छोटा सा ही तो काम है गुड मॉर्निंग मा गुड मॉर्निंग जल्दी से तैयार हो जाओ बहुत काम है क्या काम है दीवाली की सफाइया कौन करेगा मीनू आएगी तो अभी कर देगी बेटा दीवाली में सबकी छुट्टी होती है नहीं माँ मैं नहीं कर रहा ये मेरा काम नहीं है फिर दीवाली पर कोई पैसे नहीं मिलेंगे ये क्या बात होती है यार अभी <laughs> देखो वहां कितना गंदा है देखो बस हो गया इससे ज्यादा मेरे बस का नहीं है मीनू होती तो सही से करती हाँ तो अपनी मीनू से ही करवा लेना मीनू जरा पंखा साफ कर दो हाँ, आई ये मीनू तो छुट्टी पे थी अगर मीनू की छुट्टी ना होती तो कैसे पता चलता कि वो कितना काम करती है वो दिवाली दीदी मैं जा रही हूं। रुको मीनू मैं, मैं दे दू हाँ दे दो और सुनो ये भी देना साथ में ठीक है पी दिवाली मीनू दीदी थैंक ता, यू भैया दिवाली क्या माँ ये सब करने की क्या जरूरत थी ये सारे कपड़े मैले हो गए ये मैल तो धुल जाएगा पर तुम्हारे मन का मैल तो धुल गया ना काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता हर काम की अहमियत पहचानो इस दिवाली सारे मैल हाँ, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आए होंगे पापा आप पुलिस वालों से इतना डरते क्यों सर जी वो तिवारी जी का घर यही है बताइए नहीं नहीं वो इंटरनेट पे ऐड दिया था ना आपने पुराना फ्रिज और रही है अरे हाँ हाँ मुझसे ही बात हुई थी आपकी दिवाली पे नया ले रहे हैं इसलिए पुराना निकाल रहे हैं कोई दिक्कत है क्या अरे नहीं सर जी हम तो खरीदने आए हैं बगल के थाने में ही तबादला हुआ मेरा पर देखिए रेट तो हाँ रेट चलेगा और फोटो भी देख ली पुलिस वाला है भी क्या? ये एडवांस रख लीजिए मैं छोटी दिवाली के दिन आकर बाकी पैसे दे जाऊंगा और फिर ले जाऊंगा थैंक यू और प्लीज किसी को दीजिएगा मत प्लीज सर जी नमस्कार ये आपके बाकी के पैसे शोरूम से भैया भी तो गया हमारे बच्चे को भी गर्मी लगती है लेकिन क्या करें हमारे वेतन में तो यही आ सकता है <laughs> ले जाऊ सर जी ट्रेनिंग किस दिन काम आएगी अरे रुको मैं भी आता आई अच्छा सुनो पुलिस वाले हो फिर भी अरे सर जी चोरी कुछ लोग करते हैं पर बदाम पूरी बिरादरी हो जाती। आप देखिए ना हम तो हैं आपकी सुरक्षा के लिए फिर भी आप लोग हमसे डरते हैं। अरे, चलो। अरे, आ जाओ, चलो अरे आपका कुर्ता तो मैला हो गया जी अरे ये मैल तो धुल जाएगा पर इनके मन का मैल तो धुल गया ना वो ज्यादा जरूरी था है ना पापा क्या ये? अगली बार किसी पुलिस वाले से मिलिएगा तो मुस्कुरा कर मिलिएगा कल दिवाली पे आता और वो बीटा करके जाता ड्यूटी पे नहीं तो जरूर आता हूँ ईमान का सिक्का अभी भी चलता है यहाँ बेवजह गलत फहमी मत पालो इस दिवाली सारे मैल दूर डालो घड़ी डिटर्जेंट की एक गुजारिश